तो हेलो भाई लोग मैं हूँ अमन और आप देख रहे हो मैक्स गेमर चैनल तो हेलो भाई लोग मैं आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग राय स्टार के जैसे भोज चेंज कर सकते हैं बिल्कुल राय स्टार के जैसे भोज चेंज कर सकते हो भाई लोग तो आप लोग सही वीडियो पर आ चुके हो भाई लोग तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे के जैसा बहुत चेंज कर सकते हो तो इससे पहले भाई लोग जितने भी न्यू व्यूअर आ चुके हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग और शेयर कर देना भाई लोग एक फ्रेंड के साथ तो आप लोग को मैं बताता हूँ कौन सा ऐप है किस तरह प्रोसेस है और कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा तो आप लोग का सीधा ले चलता हूँ मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोग को बताता हूँ तो आप लोग को सिंपल यहाँ पर प्ले स्टोर कोपन करना है अब प्ले स्टोर अपन लोडिंग होने देना है तो लोडिंग हो चुका है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करना सर्च बार पर आ, सर्च करते हैं यहाँ पे हम लोग वॉइस वॉइस चेंजर एप एप सर्च करते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेते हैं तो सर्च सर्च कर लिए यहाँ पे और नीचे स्कोर करते जाने हैं जाना है जाना तो यहाँ पर देख सकते हो वॉइस चेंजर वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट टून तो आप लोग की ये वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई लोग मैं यहाँ से तो डाउनलोड कर चुका हूँ तो आप लोग को सिंपली आप लोग को मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर तो यहाँ पर देख सकते हो ऑन करते हैं आपको। और यहाँ पर सिंपली हम लोग को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है तो रिकॉर्डिंग पर हम लोग क्लिक करेंगे एड आएगा और एड को आप लोग सिम्पली यहाँ से ऊपर से कट कर देना और यहाँ पर जो परमिशन मांगता है तो दे देना भाई लोग और सिंपली यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं जो बोलना है सिंपली यहाँ से रिकॉर्ड होने देना है तो हम लोग को सिंपली यहाँ से रिकॉर्ड कर लेना है उसके बाद सेब पर क्लिक कर देना और आप लोग को सुनाता तो जैसा कि सुन लियो भाई लोग मेरा देख तो लो देख सकते हो यहाँ से वॉइस चेंज होता है भाई लोग और आप लोग को सीधा सिंपली देखो एक टिप्स बता देती हूँ यहाँ से आप लोग को सीधा स्टार्ट कर देना है रिकॉर्डिंग को और बीच से कट कर देना और ऊपर से देख लेना है कि रिकॉर्डिंग ऑफ है या ऑन और यहाँ से कर देना बैक और उसके बाद गेम में चल जाना और गेम में जाने के बाद अपना एक फ्रेंड को बुलाना और उसके बाद टेस्ट कर लेना भाई लोग मेरा तो साथ में फ्रेंड है नहीं है भाई लोग नहीं तो आप लोग को लाइव प्रूफ आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क किया है नहीं किया तो थैंक यू सो मच भाई लोग मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरा वीडियो को देखने के लिए भाई लोग तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे कर देना भाई लोग और जितना हो सके लाइक करना भाई लोग और आप लोग को मैं इस तरह ही वीडियो आप लोग को बताते रहूँगा और कैसे वोज चेंज अगर न्यू आता है तो आप लोग को मैं बता दूंगा फटाख से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग